आप देख सकते हैं हम पी कॉलेज जा रहे हैं हमने वहां का ड्रेस पहन लिया है आज हम पी कॉलेज का ब्लॉग शूट करेंगे तो देखते हैं आज का ब्लॉग तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली हम कॉलेज के लिए निकल चुके हैं हमारा घर यहां से बस स्टैंड से पाँच किलोमीटर है तो अभी हम साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं आप देख सकते हैं हम लाल बस स्टैंड पहुँचने की बात करते निकालते हैं तो फाइनली बस स्टैंड पहुँच चुके हैं तो अब हम बस बैठेंगे और बालाघाट के लिए रवानगी लेंगे तो देखते हैं तो हम इस बस में बैठ चुके हैं आप देख सकते हैं और दोस्तों तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं बालाघाट बस स्टेशन पे आप देख सकते हैं ये का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं चलो भाई ये लाल बदला बस स्टैंड ये बालाघाट बस स्टैंड सॉरी हम चलते हैं किसी कॉलेज बालाघाट जहां का सीन हम आपको दिखाएंगे जल्दी जल्दी तो हम जा रहे हैं कॉलेज देखिए कॉलेज में पढ़ती है अपने को ये चौक महावीर चौक है जानी मानी चौक है बस किसी के कुछ देर बाद हम कॉलेज पहुंच जाएंगे हम किस कॉलेज तक ही निकालते हैं कॉलेज में कहाँ क्या है आपको इसकी जानकारी देंगे ताकि यदि कोई न्यू है हमारे कॉलेज में आ रहा है स्टडी करने और तो उसके लिए यह जो इन्फॉर्मेशन है वो काम आए तो आप हमारे साथ बने रहिए तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्नातकगढ़ तो विद्यालय कॉलेज बालाघाट अब हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं ये प्रवेश द्वार है जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है अभी क्या है सुबह है बच्चे अभी आए नहीं हुए हैं और पूरे काउंटर खुले नहीं है ये है बॉयस के लिए साइकिल रखने का प्रावधान है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं साइकिल्स रखिए है कुछ वो है कैंटीन जो अभी बंद गरी है और यह है काजू वाला गर्ल्स के लिए है स्टैंड साइकिल रखने का बाकी हम बाद में बताते हैं आपको क्योंकि अभी क्या है कॉलेज खुला नहीं है अभी बच्चे बहुत कम आए यह है पीजी कॉलेज बालाघाट जहां पढ़ाई कम लेकिन लड़ाई ज़्यादा होती है यहां बच्चे पढ़ने नहीं घूमने आते जैसा कि आप देख सकते हैं बरामदे में कितने बच्चे कितने बच्चे अगर क्लास में रहेंगे तो ये जो है सबसे का आपको हम आगे का ब्लॉग दिखाएंगे अभी रखते बताते हैं देखिए अभी हम ये जो दिख रहा है सामने जहाँ दिखा है शाखा प्रभारी जिसका लो ओपन है वो है छात्रवृत्ति शाखा है कॉलेज की ये है अपना परीक्षा विभाग कक्षा है जहाँ से अंक सूची वगैरह चालान काउंटर है ये यहाँ पर अंक सूची मिलती है यहाँ चालान करता है एक ग्राउंड है यहाँ पर जो है प्रेयर होती है ये स्वामी विवेकानंद जी की आपको मूर्ति दिख रही होगी जैसा कि आप देख सकते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का प्रवेश द्वार जो कि कॉलेज का है जहाँ से बच्चे यहाँ इंटर करते हैं चलो देखते मजा क्या ही कर रहे हैं यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना बोले और देखिए टीसी काउंटर भी बाजू में इसलिए आप देख सकते हैं टीसी काउंटर है ये प्रवेश द्वार है यहाँ से बच्चे ओपन करते हैं यह है आई क्यू एस वर्ग आंतरिक गुणवत्ता आसमान प्रकोष्ठ यह है अपना पी कॉलेज के प्रिंसिपल का कक्ष है प्राचार्य कक्ष जैसा कि आप देख सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं हम अगली वीडियो में आपको अंदर के सीन दिखाएंगे